एमपी अजब है वाकई में गजब है छतरपुर पुलिस ने इसी कहावत को सही साबित कर दिया है दरअसल बमीठा थाना पुलिस एक युवती के हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए भविष्य बताने वाले साधु संतों के दरबार में पहुंच गई और संत के कहे अनुसार पुलिस ने बिना सबूत और गवाहों के लड़की के चाचा को गिरफ्तार कर लिया दरअसल मामला छतरपुर के बमीठा थाने का है जहाँ अट्ठाईस तारीख को पुलिस के पास एक मामला आया था जिसमें एक 17 साल की युवती का शव कुएं में मिला था और युवती के परिजनों ने गांव के तीन लड़कों पर युवती की हत्या कर कुएं में फेंकने का आरोप लगाया था पुलिस ने मृतिका के परिजनों की शिकायत पर तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी लेकिन ये तीनों युवकों को लोकेशन घटना के दिन घटना स्थल पर नहीं मिलने से पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पा रही थी फिर पुलिस ने भविष्य बताने वाले संत पंडोखर सरकार की शरण ली थाने का एएसआई आई शर्मा ने इनके दरबार में अर्जी लगाई तो पांडोकर सरकार ने पुलिस को हत्या के खुलासे के लिए कुछ क्यू दिए इसी क्यू के आधार पर पुलिस ने तीनों लड़कों को छोड़ मृतिका के चाचा अहिरवार पर भतीजी की हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी देखो हमने अपना पुलिस वाला वहाँ पर भी भेजा था तो वहाँ पर भी तुम्हारे भाई को ही मुजरिम ठहराया उन उसमें भी बताया बोले अंदर आ जाओ और आपको कुछ हम दिखाना चाहते हैं तो उन्हें हमको पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी कि जिस जिसमें जिसमें बता उसमें बताया जा रहा है कि जिस जिसका मैं नाम लूँगा वो नहीं है और जिसका नाम नहीं लूँगा उससे सुराग मिलेगा ये वीडियो दिखाई थी फिर उसी आधार पर मेरे भाई को जेल भेज दिया और मेरे भाई को चाचा को भतीजी के चरित्र आरोप शक था इसलिए उसने गला घोट कर हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया था लेकिन मृतका के परिजनों को पुलिस की ये कहानी पची नहीं और बमीठा थाना पुलिस इंचार्ज पंकज शर्मा के पास परिजन गए तब उन्होंने पीड़ित के परिजनों को पंडोकर सरकार का यह वीडियो दिखाया था जो इस हत्याकांड में तीनों युवकों के अलावा किसी चौथे को हत्या के लिए क्यों दे रहे हैं इसी वीडियो के आधार पर पीड़ित परिवार को पुलिस की ये कहानी सही नहीं लगी और एसपी को इस मामले में ज्ञापन देकर थाना पुलिस की इस हरकत की शिकायत की जिसके बाद एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना इंचार्ज पंकज शर्मा को लाइन अटैच कर दिया है और एएसआई अनिल शर्मा को सस्पेंड कर दिया है इस मामले की जांच के आदेश खजुराव एस को दिए हैं। को दिए है आई के वीडियो सामने आया था पंडुखर सरकार के फेसबुक पेज वाला इस वीडियो में जो एएसआई दिख रहे हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है एच डी पी का जो दिख रहे हैं उनका नाम ये अभी वीडियो के समय की पुष्टि नहीं हो पाई है की वीडियो कब का है परंतु प्राथमिक तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उन थाने के थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है।